प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हरदा में उन्नीस दिवसीय कमल खेल महोत्सव का शुभारंभ देश के जाने माने ओलंपिक मेडल विजेता पद्मश्री योगेश्वर दत्त के मुख्य आतिथ्य में हुआ कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल तथा सांसद डी डी के भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे इस अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा की हरदा में पंद्रह करोड़ से इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा जिसका शिलान्यास 12 जनवरी को होगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हरदा में उन्नीस दिवसीय कमल युवा खेल महोत्सव शुरू हुआ प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस अवसर आरोप सम्बोधित करते हुए बताया कि हरदा जिला मुख्यालय पर 15 करोड़ रुपए लागत से इंडोर स्टेडियम स्वीकृत हो गया है इस स्टेडियम का भूमि पूजन आगामी बारह जनवरी को कमल युवा खेल महोत्सव के समापन अवसर आरोप किया जाएगा उन्होंने कहा कि यह इंडोर स्टेडियम आगामी एक वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा और अगले वर्ष के कमल युवा खेल महोत्सव में इस इंडोर स्टेडियम में इंदौर गेम भी सम्पन्न होंगे पूर्व प्रधानमंत्री और हम सब के हृदय सम्राज करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म जयंती है पिछले साल हमने उनकी जयंती ऐसी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है उन्होंने भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में पहलाया और भारत माता को विश्व गुरु कार्यक्रम का के मुख्य अतिथि तथा ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि एक खिलाड़ी ही है जो अन्य देश में जाकर भी अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है उन्होंने सभी खिलाड़ियों से कहा कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए बड़े स्तर की मेहनत करें उनके सपने जरूर साकार होंगे आज अटल जी के इसका शुभारंभ किया है और आज तो हर बच्चा खेले और कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस अवसर आरोप सम्बोधित करते हुए बताया कि कमल युवा खेल महोत्सव में 19 तरह के खेल होंगे इस खेल महोत्सव से हरदा जिले की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा